वेरी गुड बॉय ठीक है लड़कियों में से एक निकलेगा और एक ठीक है, है देखते हैं देख कौन है तीन राउंड है वो नाइज जीतेगा। वेरी गुड तीन राउंड होएंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लगे तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना वन टू थ्री स्टार्ट किटोगा फर्स्ट नंबर चल किटो very good iska score zyada mein de diya very good saxy mamma ji agar तो। Very good. आगे कौन चल चल रहा भी? अभी? अभी रही नहीं श्रुति है। है कविन कविन ना श्रुति के पास में वेरी हाँ। गुड जो कोई भी जीतेगा अच्छा सबसे पीछे कौन है मिस्टी मिस्टी वेरी गुड टैक्सी आज का विनर देखते हैं कौन होगा वह कुछ लोगों वाइज चलेगा। आओ। टोंटी अंदर आकर टाइम वॉप्सी कर दो। पाउल Very good, Santi. Very good. Very good. How much can you get, Santi? Cake. Very good, Very good. से और साक्षी में से कोई ले जाएगा. बैक तो दिखाओ कोई वेरी गुड क्लैटिंग करो अच्छा ठीक है करो कौन फर्स्ट एक मिनट एक मिनट्रेड थर्टी चलो वहां पे रख के रखा सारी काउंट यस करवासटी वन थर्टी अच्छा उठाओ अपने साक्षी थर्टी, तो थर्टी हो करो. <laughs> आ, आगे, राउंड में आ ठीक है ना?